हेलो दोस्तों मैन क्राफ्ट के दीवान अगर आप हैं तो ये आपके लिए गैजेट बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये लॉन्च हो चुका है ये कुछ इस तरीके का बॉक्स में आता है और एक मैन क्राफ्ट मिलेगा और एक बॉक्स मिलेगा और एक कुदाल और ऐसे रहेगा ये पूरा लुक्स अब ख़रीद लेना है बिल्कुल फ्री परचेस जो चार से पाँच के प्राइस में मिल जाएगा आपको बिल्कुल फ्री में सो so, उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ ये गेमिंग है गेमिंग मीन इसमें आप एक चिप्स बॉक्स में रहेगा ये निकाल के इसमें लगा सकते हो और गेमिंग कर सकते हो देख सकते हैं कैसी ये चिप्स लगाते हैं इस वीडियो में पूरा लाइव पूर दिखाने वाला हमें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज भाई देखिए ये चिप्स इस पर मीन लिखा है ध्यान से पढ़ो मीन लिखा है यहाँ पर इस गेमिंग फोन में चिप्स लगता है ये पर ये चिप्स लगा दिए मैंने चिप लगाने के बाद आपको सिंपली से फिर से बंद कर देना है ये अपने आप ऑन हो जाएगा चिप लगाने के बाद इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कितना गेम है मिन का सिंपली आपको जो खेलना है वह आपको कलेक्ट कर लेना है अभी मैं खेल के भी दिखाने वाला हूँ इसमें खेलो देख सकते हैं आप कितना अच्छा है ये ये से दो तक के में मिल जाएगा आपको अमेजॉन पे स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा दिखाने वाला मैं अभी स्टार्ट हो जाएगा ये अपने आप स्टार्ट होने वाला है थोड़ा खुलने में टाइम लगेगा और खुल जाएगा कुछ देर में अब गेम प्ले हो चुका है यहाँ पर देख सकते हो अरे भाई तू इसके अंदर कैसे चल गया तुझे तो मुझे बचाना पड़ेगा रुख अभी बचा लेता हूँ तुझे तोड़ दूँगा दवाल तो इसे भी तोड़ देता हूँ तुझे अभी आजाद कर देता हूँ तू कहाँ से इसमें फँस गया है निकल जा